कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू लाश के निवासी नमो बार बार हूँ आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू भक्तों को कभी शिव ने निराश, निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे, दे दिया बड़ा है तेरा दायरा बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दा तार तू आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू बखान क्या करू मैं राखों की ढेर का, का। चुटकी में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का हे गंगा धार मुक्ति धार ओंकार तू हे गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू आए शरण तिहारी हमें तार तार तू आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं तेरी कृपा के आसर सारा जहान है तेरी कृपा के आसर सारा जहान है।, है।, है जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू तेरी कृपा बिना ही ले एक भी अणु तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं तेरी दया से तनु तनु लेते हैं तेरी दया से तनु तनु कर दे ठाट एक बार मुझको निहार तू कर दे ठाट एक बार मुझको निहार तू आए शरण तिहारी हमें तार तार तू आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू